कार हो गया दिल कर बदल इश्क में तार तार हो गया दिल यादों की याद में गिरफ्तार हो गया दिल कर बदल इश्क में तार तारी दया दिल तुझको पाया इस तरह से मुझको जी नया खुद को, को खोकर तुझको पाया इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी लगन में सब है गवाया इस तरह से मुझको जीनाया अस्सी